हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं एम एस में तो उसके लिए आपको पहले बॉर्डर फाइन करना पड़ेगा बॉडर फाइन करने के लिए आपको डिज़ाइन में जाना पड़ेगा डिज़ाइन में जाने के बाद आपको बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में मिलेगा पेज बॉर्डर आपको पेज बॉर्डर पर पे क्लिक करना है उसके बाद आपके पास लाइन्स आ जाएंगी आपको चूज करना है लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी अगर सारे बॉर्डर्स लेंगे तो तो इसके लिए मैं एक ही बॉर्डर ले रहा हूं एक ही लाइन ले रहा हूँ और इसके बाद आप एक बार बॉक्स पर क्लिक कर देंगे ताकि चारों तरफ आपके आ जाएगा जो आपका पेज है उसके बाद उसके बाद में आपको क्लिक ओके कर देता हूँ अब देखिए ये अट्रैक्टिव हो गया ये ज़्यादातर प्रजेंटेशन वगैरह के काम आता है उसके बाद में दूसरा ऑप्शन लूँगा मान लीजिए इसको आपको थिक करना है मान लीजिए इसमें आपको लाइंस लानी मान लीजिए ट्रिपल लाइन तो आप ट्रिपल लाइन भी ला सकते हैं इसको क्लिक करके और उसको ओके कर आगे आपकी ट्रिपल लाइन अब आप उसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि अट्रैक लगने के लिए मान लीजिए कोई कलर डालना चाहिए तो कलर डालने के लिए आप इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कलर का इसमें आप क्लिक करिए आप कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए मान लीजिए मैं ये रेड वाला कलर ले लेता हूँ और उसके बाद ओके okay कर देता हूँ आप देखिए कलर चेंज हो गया नेक्स्ट हम दोबारा पेज बॉर्डर में जाएंगे अगर आप इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे बॉर्डर को जैसे मान लीजिए कोई कार्ड बनाना हो मोर एट्रेक्टिव बनाना हो तो ये नीचे जो ऑप्शन आपको आर्ट वाला दिख रहा है इसमें मैं थर्ड ऑप्शन चूज़ करूँगा उसके बाद फिर मैं इसको ओके कर दूँगा तो ये आप देख लीजिए किस तरीके से इस आर्ट का ये चारों तरफ का जो बॉर्डर है ये आ गया है तो होप वाइज आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आपको ये बॉर्डर पे जो है ये आपको बनाना है